मंडी का शेर नज़र आ गया मुझे और इसी तरह के ये जानवर भी हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा ये मंडी में सबसे भारी जानवर है माशा राजनपुरी है चाचा जी मुँह से क्या है मुँह से क्या है दूध और कैंपते हो जी तो दोस्तों हम फाइनली मंडी आ चुके हैं और आपको आई मंडी का विजिट कराएंगे जो कि आप खुद ही देख चुके होंगे जो हम आ जाएँ लाहौर मंडी में जो गज्जू मत्ता हर साल लगती है इसमें हम आपको जानवर दिखाएँगे ये देखें कितने हावी मदार में जानवर काफ़ी काफ़ी हाइट वाले हैं ये राजनपुरी नसल है ये देखें और ये लगी है गज्जू मत्ता से थोड़ी सी आगे ही हम जाएँगे तो ये रिंग रोड आपको नज़र आ रहा होगा इस रिंग रोड का पहले जो बाईपास जिससे बोलते हैं हम या उसके ऊपर ही लगी हुई है बिल्कुल साथ फे, फेस नाइन में डीएचए में तो और ये कस्टमर वगैरह है तो हम आपको इनके जो रेट वगैरह लेके देते हैं क्या रेट वगैरह है मंडी का शेर नज़र आ गया मुझे और इसी तरह के ये जानवर भी हैं ये भी मैं तो आपको दिखाऊंगा ये मंडी में सबसे भारी जानवर हैं माशा राजनपुरी है अच्छा अंकल जी मुँह से क्या है मुँह से क्या है कितने दाँत हैं चार दांत में और इसे खुराक क्या खिलाते हो पहले वो बताएं। दूध और कनक खिलाते हो तो इसकी माशा आप हाइट भी देख सकते हैं और प्योर गुलाबी में इसकी ज़्यादा देखें गुलाबी है और इसका कमाल का सीना जो बच्चों वगैरह का होता है बच्चे का सीना इतना होता है और ये माशा बकरे का सीना इतना है इतना हाइट आप देख सकते हैं हंगल के मुँह करीब आ रहा मैक्ममम ऊपर करते हैं अंदर और ये आप खुद ही नज देख सकते गर्दन है अच्छा इसकी प्राइस क्या है प्राइस बताओगे साढ़े चार लाख इतने में तो एक वच्छा बहुत भारी आ जाता क्या है क्या वजह है नहीं फ़र्क तो, तो है प्राइस जो रेट आप मांग रहे हैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ अच्छा तीन मन वज़न होगा तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका वज़न तीन मन होगा लेकिन तीन मन से थोड़ा सा कम होगा वज़न किया आपने अच्छा एक बार दांत दिखाना है इसके तो दांत देखें आप चार दांत में ही तो इतना माशा भारी जो जानवर है चार दांत में करना बहुत मेहनत की बात है और ये नस्ल भी प्योर गुलाबी में जिसे बोलते हैं और ये भी देखें माशा कितनी हाइट और लंबाई में ये आपको नज़र आ रहा है लंबाई इसकी चेक करें इनसे खुद उठा भी नहीं जाता इन्हें उठाना पड़ता है ये देखें दोनों हाथ करें तो फिर ये लंबाई में आता है ये देखें अच्छा इसकी क्या प्राइस मांग रहे हो इसका चार है इसका उससे कम क्यों है थोड़ा सा वज़न में कम है ये और नस्ल का भी फ़र्क है थोड़ा सा अच्छा वज़न कम है जी तो दोस्तों इसकी माशाला गर्दन आप देखें बहुत ही कमाल की और सीना उससे भी कमाल का ये देखें कस्टमर इनका हर पता करता है हर कोई इधर रुकता है और ऐसी चीज़ हो और वो रेट का ना पूछे तो फिर कमाल की बात है, जो है। तो ये है इनके माशा जानवर हैं और हर कोई इनका रेट पता करता है तो आपको और जानवर इनके वो बंदे हुए वो नॉर्मल रेंज से भी घूमना और इसकी माशा हाइट और लंबाई आप खुद ही देख सकते हैं उस बाई का हाइट भी बहुत ज़्यादा और फिर भी सीने पे आ रहा है तो इससे पूछते हैं रेट वग़ैरह अच्छा भाई क्या रेट है इसका पहले रेट बताओ बीस हज़ार जो देना नॉर्मल वो बताएं जितना मुनासिब करके देना है दस हज़ार फाइनल हो जाएगा अच्छा कौन सी नस्ल है नस्ल भी बता दें ज़रा आप मुँह से क्या है चार दाँत है ज़रा घुमाओगे से जी तो ये देखें इनके पास माशाल्लाह इसी तरह के जानवर हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक और ये देखें इसकी क्या प्राइस है इसमें क्या और इसमें क्या है प्राइस जो इसकी ज़्यादा महंगा तो ये बिकना चाहिए ये क्यों खूबसूरती तो इसमें ज़्यादा है इसमें नहीं है ज़्यादा खूबसूरती वो अपनी जगह पर इसका मुँह से क्या ये ये? गुलादी है गुलादी। ये गुलाबी गुलाबी गुलाबी है है अच्छा वो क्रॉस में मुँह से क्या है ये ये है चार दांत चार दांत जी तो ये माशाल्लाह देखें ये गुलाबी नस्ल में और ये राजनपुरी क्रॉस में और इनके पास ये भी एक देखें इसकी क्या प्राइस है भाई इसकी भी यही यही डिमांड है ये भी चार दात में अपना नंबर दोगे है भी यार, का अब हमूमता तो मंडी हम जो निषाद के पास हर साल लगती है दोबारा नंबर बाई नोट करना है जीरो तीन सौ पूरा पच्चीस बाईस आठ सौ इकहत्तर बाई को बकरे की जरूरत हो तकरीबन पचास चालीस हजार ऐसी लेकर डेढ़ लाख तक हमारे पास बकरे वो भी आपके जानवर है जी वो भी दिखाते हैं हम इनके जानवर जो मुनासिब रेंज में इनके माशा और भी जानवर हैं जो नॉर्मल प्राइस में ये तकरीबन दो दाँत में ये सारे ही इनके जानवर हैं और आपको मंडी में इस तरह के काफ़ी जानवर मिलेंगे क्योंकि मंडी में बहुत ज़्यादा जानवर आ चुका है ये देखो आपको मजीद जानवर भी दिखाते हैं ये आपको 40 से 50 की 60 की रेंज में मिल जाएंगे तो मजदूर जानवर दिखाते हैं आपको वीडियो एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि इसमें मैं आपको अच्छे और गजले छतरे सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा बकरे मज़ीद दिखाऊँगा राजनपुरी और ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं मुझे जो बहुत ही ज़्यादा हाइट में ये भी बैठे हुए हैं इधर देखें तो दिखाते हैं मज़दे जानवर के जानवर हैं ये भाई जरा परेशान हैं इससे पूछते हैं क्यों परेशान बैठे हो कस्टमर नहीं है ये क्या वजह है अच्छा भाई परेशान क्यों बैठे हो होता है वो हो कहता तो है बड़े बकरे महंगे हैं उनको ये पता नहीं थे कैसे इस मंजिल पे पहुँचे हैं ये बाइक अच्छा बकरे के सालों साल हम पालते हैं इनको क्या खिलाते हो पालने में इसको गंदम खाल खिलाते हैं खल खिलाते हैं इसको दूध खिलाते हैं बहुत से इनके चारे होते हैं वो हम। इस वक्त क्या खिला रहे हो इन्हें अच्छा गंदम खिलाई तो है आपने इन जानवरों की ये जोड़ी एक अस्सी की एक लाख अस्सी हजार की दो दाँत में है चार दांत में ये दो दांत वाले हैं दो दाँत वाले इसका वजन कितना होगा तकरीबन वज़न तकर माँ के करीब है साठ किलो के करीब है अच्छा डेढ़ मन करीब दोनों का या एक का एक एक का है तकर साठ किलो है साठ पाँच किलो है वो ठीक हो है, के है, वो के है बड़ा। तो ये भाई के जानवर है और आपने शिकायत भी सुनी होगी कि कस्टमर है नहीं और हम तीन दिन से चार दिन से दलील हो रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी है कस्टमर पूछता है और चले जाता है तो भाई का नंबर आपको मिल गया आप इनसे रबा कर सकते हैं एक दफ़ा फिर नंबर बता दें हमारा नंबर है जीरो तीन सौ पूरा जीरो आठ सौ इकहत्तर ये हमारा नंबर है जो भाई बकरा ज़रूरत हो तो आप रबा कर सकता है हमारा नंबर यही जी तो दोस्तों अब आपको बच्चों की हम वीडियो बना के देते हैं और उनका रेट वगैरह पूछते हैं ये देखें माशा साईवाल और चौलिसानी न जो नस्ल है वो नज़र आई है और इनका हम रेट लेके देते हैं आपको सारी मालूम आपको लेके देंगे मंडी जो स्टार्ट हुई है और इसमें आपको सारे जानवरों की मालूम आपको मिलेगी ये देखें ये चोलिस है इसका क्या रेट है इस बच्चे का चोली चीने का सवा तीन मुँह से मुँह से क्या है ये धंधों की है दो दांत में और जो मुनासिब कीमत में उस इसका क्या रेट है ये भी दो दांत में ये चार।, चार में ये तो दोस्तों आपको और भी इनके जानवर दिखाते हैं आ, दिखाने दिखाने है। तो इंदा की मांग रहे हो जी। तो दोस्तों ये देखे माशा बहुत ही हैवी मकदार में जानवर है और तीन लाख रुपए इनके मांग रहे हैं मुनासिब हो जाएगा मैं आपको नंबर भी लेके देता हूँ इनका ये माशाल्लाह ये भी बहुत भारी जानवर है जो बैठा हुआ है इसमें मुनासिब भी है ये वाला भी ओ जड़ा तो की ये तो परिस नस्ल है और दो दांत में और चार दांत में इनके पास जानवर है ये देखो ये पास में लग रहा मुझे इन्ह की मांग रहे देना देना देना देन। हो साढ़े तीन चमनास हो जाएगा मेरा नंबर दो अपना नंबर की है पाँच सौ नब्बे ना भाई तो अपना मोहम्मद जावेद मोहम्मद जावेद. तो ये भाई जावेद के जो बच्चे वगैरह हैं ये इंट्रो होते ही आपको रिंग रोड के बिल्कुल साथ ही हैं आप इनसे फ़ोन करके भी रब्ता कर सकते हैं ये माशा इनके पास भारी जानवर भी हैं और नॉर्मल में भी हैं रेट जो है दो वो मुनासिब हो जाएगा इन शह जीशाला भाई आएंगे मर्ज़ी के मुताबिक हो गएगा हाँ इन शब आप ख़रीदने आओगे तो भाई का कहना आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इन शेट हो जाएगा तो ये इनके जानवर थे और आपको मज़ीद भी मंडी की जानवर हैं जो वो दिखा देता हूँ विजिट कराता हूँ किस तरह के और जानवर हैं जी तो दोस्तों ये माशाला आप अच्छा देखें आपको नज़र आ ही गया होगा कितनी लंबाई और हाइट में और इसकी मालूम ले कर देते हैं रेट वग़ैरह क्या है और मुँह से क्या है रेट क्या है इसका पहले बताएँ पूरा बड़ा चौगा चार दांत में ते दु लाख लाख मांग रहे हो हो हो या खरीद के लिए आए आए आए जे नहीं ही है ही है इलाके में हैं जी दिपाल आ, ठीक हो गया और ये जानवर छोटे की मांग रहे हो जो आप इसका कितना वजन होगा इसका वजन वजन मान करीब है है है नहीं नहीं नहीं नहीं अंकल जी और नहीं यार लगता है वजन है, और नहीं यार लगता बहुत बहुत होता क्या उस ब्लैक का कितना होगा होगा उसका हाँ। हो हाँ, तो वो देखें, उसके और इसके मुकाबले अच्छा इसका कितना होगा वजन कितना किसा साढ़ा मन बढ़ा ਆ ਇਹਦਾ ਮੰਨਨ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ 20 ਮਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ 5-5 ਮਨ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ 3 ਮਨ ਦਾ ਲਾਲਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੋ ਇਹ ਜੋ ਵਧ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਕੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਚਾਰ ਬੈਠੇ एना छाम दे को एक एक कोई है 170 70 हजार 170 अगर कोई लायक तो मुनासिब हो जाएगा वो हाँ, तो मुड़ किस टाइम लमण आओगे हां हां बिल्कुल उस टाइम से गल कर रहे हां उस टाइम में ना हो जाएगा ये नहीं इस गल से फाइनल नहीं है ठीक हो तो गया फाइनल करते हैं वो कहां उठ जाते होंगे अच्छा नस्ल केड़ी है साई वाले या कोई चोलستانی की एक चोलستانی ने ए बच्चे सारे अच्छा ए चोलستانی सारे सारे चोलستانی ठीक हो गया तो ते तो तो ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਵੀ ਚੌਲੀਸਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਚੌਲੀਸਾਨੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਜੀ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਦੰਦੇ ਚਾਰ ਦੰਦੇ ਇਹ ਚਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੈਕ ਵੀ ਚਾਰ ਹੈ ਐ ਸਾਈ ਵਾਲ ਨਸਲ ਹੈ ਅ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸ਼ੱਲਾ ਸਾਈ ਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ चोलीसा नहीं, नहीं नहीं क्रास नहीं नहीं है है। हाँ अच्छा। जी अच्छा। तो ये इनके माशा जानवर आपने देखे और बहुत ही अच्छे और नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाएंगे आपको नंबर लेके दूंगा आप रहा कर सकते हैं अच्छा नंबर कोई नहीं है चले तो ये रिंग रोड के बिल्कुल साथ ही बैठे हुए मेन रोड के ऊपर तो ये मंडी में आपको नज़र आ रहे होंगे जानवर दोस्तों ये मंडी में माशा बहुत ही हैवी माल आ चुका है और जी तो ये इनके बच्चे हैं और माशा आप ख़ुद ही देख सकते हैं नंबर मैं आपको लेके दे दूंगा उस पर आप रेट वग़ैरह कर लेना क्योंकि रेट वो वैसे नहीं बता सकते क्योंकि माशा जानवर भारी हैं इसलिए जानवर आपको एक से एक मिलेगा इधर ये ख़ुद ही देख सकते हैं का नंबर हम आप दे देते हैं अभी अगर उसने दे दिया दी तो नाम दसर हाजी नासर मेहमान तो आपको नंबर मिल गया और आप इनसे रबता कर सकते हैं प्राइस आपको मोबाइल पर ही फ़ोन पे डिस्काउंट हो जाएगा तो ये छोटे जानवर हैं और इनके रेट हम लेके देते हैं क्या रेट है पता करते हैं कस्टमर वग़ैरह आ रहे हैं और काफ़ी मकदार में आ रहे हैं अब क्योंकि शाम हो चुकी है इसलिए बहुत ये की रेट मांग रहे हो पचानवे हज़ार ती पुा मिलेगा तकरीबन सारे तीन हज़ार इंदा की रेट मांग रहे हो एक बीस तो ये छोटे माशा जानवर जो नॉर्मल प्राइस में आपको मिलते हैं इस दफ़ा जो जानवर अस्सी का था वो लाख का आपको मिलेगा ये छोटे हैं बिल्कुल जानवर जो डेढ़ मन दो मन ढाई मन के करीब होते हैं वो आपको इस दफ़ा एक बीस से प्लस मिलेगा ये कस्टमर आए और इसका रेट हो रहा है इक चालीस चाचा चंगी दी दोस्तों ये कजले वगैरह भी मंडी में आए हुए हैं हैं और इनका रेट रेट रेट रेट पूछते क्या है? है। है गल की थी थी थी। की मांग रहे हो हो यार हर चीज़ अच्छा, ही ही बड़ा जाता पता बिल्कुल पेर मक्खी जी मे चार मुनासिब हो जाएगा खरीदना चाहिए अच्छा अपना हाँ, नंबर दरीदना चाहिए फोन कर नंबर जो तीन सौ दो जीरो तीन सौ दो चार सौ चालीस चार सौ चालीस अठासी बानवे ना कि अपना मोहम्मद शरीफ मोहम्मद शरीफ तो ये इनके बिल्कुल रिंग रोड के साथ है तो ये भी जानवर इन्हीं के ये दूसरे भाई हैं ये मक्खी चीना प्रिंट में देखें, गई की मांग रहे हो मुँह की है छः दो अभी ये अपने ने इना की मांग रहे तकरीबन पौदे ने तो ये 50 की रेंज में आपको मिल जाएंगे दो दांत में ये भी काफ़ी जानवर हैं और हर तरह के जानवर मंडी में आए हुए हैं लेकिन आपको मैंने चंद जानवर दिखाए हैं जो कि मुनासिब कीमत आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के रेट वगैरह हैं तो उम्मीद है आपको तो वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफि तो ये अनलोडिंग हो रही है और ये देखें उतर गए इजीली वरना ये भागते बहुत हैं अभी आपको और भी दिखाते हैं जानवर हैं अभी दो तीन मैं लेट आया हूँ जानवर ये उतर चुके हैं वरना मैं आपको दिखाते इसमें पाँच छः जानवर थे ये आप पिकअप देख सकते हैं गाड़ी कितनी बड़ी है और इसमें से पाँच छः जानवर निकले हैं कस्टमर आ गए तो के देखना ही है इन्होंने अभी तो क्योंकि अभी मंडी में कोई खरीदने नहीं आ रहा बहुत कम है जो खरीदने आ रहे हैं तो जी तो ये माशाल्लाह ऊँट देख सकते हैं आप बहुत भारी है दो लाख पच्चीस हजार मांग रहा है इसका वो कस्टमर खड़ा था तो ये माशाल्लाह बहुत भारी है और इनके ये ऊँट भी आप खूबसूरत देख सकते हैं वो देखें तो इनके पास खूबसूरत भी ऊंट है ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके पास ये देखें बैठते किस तरह है बैठने का तरीका आप खुद देखें इनका रेट हम पूछते हैं क्या रेट है तो दोस्तों इनका रेट पूछते हैं और प्राइस पूछते हैं कि कितनी एज का इसके क्या प्राइस है तीन लाख का अच्छा किन्नी साल द 5 साल 5 साल का पूरा बंदा है ये नो खड़ा करोगे जरा सुनो ऐनो तो बहुत सारे दे सारी जात तो इसे हम खड़ा करते हैं और पूछते हैं क्या रेट है इसके <laughs> एक मिनट हां थाक जी लड़का सारी रात ना बैठा है मैं फिर किथे आंदा है इनका रेट है तो दा दाई दाई थोड़ा नाल हाइट ये दो ये दो हाथों में पाँच साल है इसकी भी ठीक हो गया और उसकी क्या प्राइस है वो तो दो साठ का ठीक हो गया जी तो ये माशा इनके पास ऊंट खूबसूरत हैं मंडी में इस टाइम ये ही जानवर आए हुए हैं ऊंट तो आप देख सकते हैं ये थोड़े से खड़े हैं और ये आपको चंद मिलेंगे इतनी बड़ी मंडी लगी है और ऊंट बिल्कुल ही नॉर्मल मकदार में आए तो ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके डाई लाख और दो साठ मांगरें ये भी इन्हीं के जानवर हैं खूबसूरती में जो वो ये ही लाजवाब हैं अच्छा ये घर के हैं या खरीदे हैं आपने ये बात खरीदे हैं आपने वैसे क्या चारा में क्या खिलाते हैं एक सेट खाते सेट, बूटी। बूटी हैं बस अच्छा वैसे, वैसे कुछ नहीं डालते चारा पट्टे वगैरह ठीक हो गया तो ये ऊंट है जो चंद मकदार में तो जिसने खरीदने वो मंडी में जल्दी से आके खरीद सकता है क्योंकि इसमें बहुत ही कम जानवर है उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी और भी आपको जानवर मैंने बच्चे वगैरह दिखाएँ तो उसी में यह वीडियो ऐड होगी और आपको मंडी का विजट भी कराया मैंने बाइक पर के सारी मंडी कितनी